लेकिन हजूर के बारे में तो सांस लेने का भी मसला है मैदान उदैबिया में ऐसे और विन मसूद नेजूर की मुबारक दाड़ी की तरफ हाथ किए ऐसे और बतौरे खुश आमद किए दुनिया में भी आए दाढ़ी नोक हाथ ला दे गल मुक ऐसे उसने कहा कि जाने दे जी सुलह कर ले ऐसे कहा तो पीछे भतीजे खड़े थे मजीरा बिन शोभा अभी चचा ने इस्लाम कबूल नहीं किया तो बग़ैर हजूर से पूछे चाचे के हाथ पर तलवार का दस्ता मार दिया अखिरकान मैं चाचे अगर जी तू खुशामद कर रहा है लेकिन ये अंदाज़ हमें अंदाजबी का नजर आ रहा है गा, गा, गा, गा। अगर दोबारा ऐसे हाथ किया तो मैं काट के रख दूँगा पीछे गा, गा, गा, गा। तो ऐसे भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज दो दो फुट की लोग जमाने खोलें और फिर कहेंगे जी इसमें वो ओबामा ने भी एक लफ्ज कहे थे आप तो इंग्लिश पढ़े हुए हैं कहना फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या किस कार बोलने की आज़ादी राय ज़रूर है लेकिन हजूर के बारे में नहीं जी यहाँ तो ला तरफात यहाँ तो रब बर्दाश्त नहीं कर रहा लातरफाजी नम तन इम्तिहान से पर मैं जिन्होंने मेरे हबीब के सामने अपनी आवाज़ों को पस्त रखा अल्लाह ने उनके तकवे का इम्तहान ले लिया इसका मानना यह है कि क्या मत तकवा यह नबी का एहतराम किया जाए तकवा यह नहीं है बड़ा मालवी बन जाए तकवा यह कि नबी का जितना कोई एहतराम करेगा इतना बड़ा तकवे वाला है। एहतराम यही था ना सिद्दीक को कई सांप लड़े गार में तो लमयियत अर्रक ऐसे भी नहीं किया ये तो था अब हजरत फारूक आजम फरमाया करते थे सिद्धिक सारे नकियां ले लें वो गार वाली नेकी दे देते दे बल्कि आप हजरत उम्र के दौरे खिलाफत में किसी ने कहा कि उम्र सिद्दीक से बेहतर है तो आपने फरमाया लहलत तो अभी बकरिन खैर उमिन आल उमर फरमाया उमर तो दरकिनार उम्र का सारा खानदान भी एक तरफ खड़ा हो जाए ना तो सिद्दीक की गार वाली लेकी फिर भी आला। आला। आला। मैं हाफिजू में सारी वो एहते सिर्फ पढ़ दू ना जो हजूर की शान में अल्लाह ने फरमाया लाद रायना के सात माने बयान किए हैं इमाम फखरुद्दीन राजी ने सिर्फ़ एक माने में बेदबी बनती थी एक मानव बाकी सारे माने तेरा के यहूदी ये उदी इसका माना खतरनाक बन जाता है हजरत सात बिलवाज सुनना सुना ये रायना एक दूसरे को कह रहे हैं आपने फरमायाद और लालतल ला बग़ैर सोचिए को देखा वो एक दूसरे को हंस करके ना रायना कह रहे थे तो आपने बग़ैर सोचे समझे फरमाओ यादाल लालतल नवादी दुश्मनों तोड़े थे लानत हो रजुल रसूल लादरे बनना उनों का हूँ। आज के बाद अगर किसी ने हजूर को राय ना कहा तो मैं उसकी गर्दन उतार कर फैसला हजूर से पूछे बगैर था जब उधि उम्मत ने मोहब्बत की थी ना वो फिर घरों में ना निकली जब पूछ के पूछे बगैर है तो फिर बगैर सोचे समझे समुद्रों में भी घोड़े डाल दिए तो फिर दरिया दजला को भी कहा कि हमने पार जाना है फिर शेर को हजरत सफीना ने फरमा फरमाया बोला को रास्ते में शेर मिल गया आप यमन में जा रहे थे तो शेर पर जब आने लगा तो आपने फरमाया जानते हो मैं हजूर का खादि बनकर जा रहा हूँ यमन में तो फस बसा वो आपके पाँव चाटने लगा नहीं जी नहीं नहीं जिनका आपने नाम लिया हूँ भी उनको तो बस इतनी बात है कि मोहम्मद से वफात